अरे क्या करो यार बंदे नहीं मिल रहे भाई अरे गाइज देखो सामने कोई रिवाइव है गाइज देखते हैं भाई कितने बंदे हैं भाई दो बंदे अगर इन दोनों बंदों को मैंने मार दिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई देखो मारते हैं एक डाउन ओ भाई बैठे थोड़ा अच्छा लग दोनों को फिनिश करते हैं ताकि और बंदे नागे रिवाइव ना इनके। हो जाए बस अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक्स फॉर वाचिंग